मैं आपका स्वागत है।, है एक क्या मतलब बताओ जी बहुत <Mayo> चुके हो तो बट्टे वाला ये ये क्यों है भाई? शैंडल, बुझा के की लगा के की में वाला जोर जोर से हो हम शाली का हजामत करवाते हो का करवाते सब की, फिर भी चलो झेलने घर जाते के अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो कंसीडर कर करेंगे जी यू okay. कह दिया है जी तुम्हारे भी बुढ़े हो गए okay. तेरी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 आपको मेरा ये स्टॉन्न पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब